नमस्कार और आप देखें पल पल पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से शिष्टाचार फेंट की पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चनी ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनके चंडीगढ़ स्थित आवास पर शिष्टाचार फेंट की इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुष्प कुछ भेंट करके उनका स्वागत किया पल, पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की और खुशहाली की मनोकामना की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग चार करोड़ चालीस लाख रुपए की लागत से नव निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण किया पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नीस से माता मनसा देवी पंचकूला माता काली मंदिर कालका का अधिग्रहण किया गया जब से लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में दो करोड़ आठ लाख रुपए की लागत से बने माता मनसा देवी मंदिर में पटियाला मंदिर तक जोड़ने वाले मेन कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया है उन्होंने श्री वाटिका पार्किंग का लोकार्पण किया जिस पर दो करोड़ रुपए दो करोड़ चार लाख रुपए का खर्च पहुंचा इस पार्किंग में श्रद्धालुओं को वाहन खड़े करने के लिए सुविधा मिलेगी मुख्यमंत्री ने पिंजोर और कालका में माता काली मंदिर के शक्ति स्तंभ का लोकार्पण किया इस निर्माण पर बाईस पैंसठ लाख रुपए की लागत आई है आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से यह खास रिपोर्ट